सिंगल लड़कों की सबसे अलग बातें इनके बहुत कम दोस्त तो होते हैं लेकिन जो भी होते हैं साथ देने वाले होते हैं अगर इनके पसंद का काम ना किया जाए तो ये गुस्सा बहुत जल्द होते हैं ये जल्दी जल्दी अपना काम करके मम्मी पापा को बेहतरीन जिंदगी देने का सोचते हैं। क्योंकि काफी जिम्मेदार होते हैं दिमाग से काफी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और इनको नए नए काम करना काफी ज्यादा पसंद होता है फैक्ट नंबर फाइव ये लड़कियों को ज्यादा भाव नहीं देते हैं अपनी लाइफ में मस्त रहना इनको काफी ज्यादा पसंद होता है ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और आगे भी जानने के लिए चैनल को अब सब्सक्राइब करें तुम्हारा सपोर्ट ही तो फैमिली के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है थैंक्स फॉर वॉचिंग